असलम जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा है कि टी का इन्वेटर है और आपको मैंने बताया कि 700 सौ वाट पर चलता है जी बिल्कुल ये दुरुस्त है और इसके साथ एक्स्ट्रा डिवाइस लगाने की जरूरत भी नहीं है जैसा कि हम लोग हायर के जो आजकल मॉडल आ रहे हैं उनके साथ एक डिवाइस लगाते हैं जिससे वो जो है कम वोटिक्स पर चलता है तो इसकी खासियत सबसे बड़ी यही है कि डायरेक्टली आप इसको जो है सात वाट पर ऑन कर सकते हो जितनी देर चाहे आप कंटिन्यू दरवाज़ा आपका खुलता रहे बंद होता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कंटिन्यू सात वाट पे चलता रहेगा और आपका दरवाज़ा अगर बंद होता है कुलिंग टम्परेचर कमरे में पूरा होता है तो ये सात वाट से भी डाउन हो जाएगा तो बेसिकली इसकी जो सेटिंग्स हैं वो रिमोट के जरिए कंट्रोल होती हैं इसमें और भी सेटिंग है कि आप इसको थोड़ा हाई स्पीड में भी चला सकते हैं और तो दो तीन सेटिंग हैं जो मैं आपको रिमोट के जरिए अभी आपको समझाता हूँ इसको 700 सौ वाट पर चला सकते हैं और 1200 सौ वाट पर चला सकते हैं और इसको हम डेढ़ टन पर भी चला सकते हैं फुल स्पीड के ऊपर बेसिकली ये अगर इसको हम 700 वाट पे अगर चलाते भी हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि ये कूलिंग इसकी कम होगी ऐसी कूलिंग होगी कि बेहतरीन आप नॉर्मल एक रूम के अंदर अच्छा सा इन्वामेंट आप फील कर सकते हैं तो जनाब यह है इसका जेन का बटन जैसे कि मैंने आपको अपने थंबनेल के अंदर भी इसके ऊपर मार्क करके इसकी करी है इस जेन बटन से ही हम इसकी सेटिंग्स जो है कर सकते हैं तो चले जनाब मैं इसको ऑन करता हूं एसी को ये एसी जैसे जैसी हम इसको पावर ऑन करेंगे उसके बाद हमने जैन बटन को प्रेस करना है ये L3, L2, L1 ये L1 पे इसको हम सेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सात सौ वाट पर ए रन करता रहेगा अच्छा इसकी सबसे बड़ी मज़े की बात यह कि हम इसका टम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं 26 छब्बीस पे सौ का चल रहा है तो इसको अगर मैं चाहूँ तो डाउन कर सकता हूँ जितना चाहे जितना चाहे इसको अप कर सकता हूँ दूसरे एसी में इस तरह की खासियत नहीं मिलेगी क्योंकि उनमें डिवाइस लगती है और डिवाइस से जो है टम्परेचर बिल्कुल फ़िक्स हो जाता है तो ये मुझे इसका फ्यूचर बहुत बेहतरीन लगा जिसकी वजह से मैं ये ला के अपने घर में लगाया और तकरीबन दो महीने से दो ढाई महीने से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ये नई नई प्रोडक्ट है टी की इस तरह का इन्वर्टर जो है और ये जून में लॉन्च हुआ है और उसी टाइम मैंने जो है ऑनलाइन मंगवाया इसको मैंने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी थी तो वो वीडियो देखकर ही मैंने इसको ऑनलाइन परचेस किया तो इसका मैं आपको सबूत भी दिखाया था हूं। अपने इन्वर्टर के ऊपर दिन में क्योंकि मैं इसको सोलर पर चलाता हूं और बिल्कुल स्मूथ चलता है आप इसको यू पी भी, भी चला सकते हैं पुराने जो आपके यू पी जो कम अज़ कम आपको सात वाट देते हो तो आप इसको आराम से इसको इस पुराने यूपीएस के ऊपर भी आप चला सकते हैं इसको जनरेटर के ऊपर भी आप चला सकते हैं तो नाज़िन ये है इसका सबूत और ये अपने इन्वर्टर के पास में आ चुका हूँ पावर का मेरा इन्वर्टर है और इस वक्त जो टोटल लोड चल रहा है थोड़ा तो मैं फोकस करता हूँ ये देख सकते हैं आप 913 सौ वाट जो है इस वक्त इन्वर्टर पर चल रहे हैं तो मैं आपको इसकी थोड़ी तो डिटेल बता दूँ ये 700 वाट तो ये समझने गए मेरा जो एसी में ऑन करके आया वो अभी रूम के अंदर वो रन कर रहा है ठीक है इसके अलावा 200 वाट जो है मेरे घर का लोड अभी है जो टोटल कुल मिला के नौ सौ बन रहे हैं तो जनाब क्लियर हो गया ये अभी तक मेरा एसी ऑन है रिमोट मेरे हाथ में और ये कोई कंपनी की ए, मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका फ़ायदा है और मेरी नज़र में बहुत अच्छा फ़ायदा है और बहुत अच्छा फ्यूचर है आम ए के नस्बत ठीक है तो जनाब ये इसका कंप्लीट रिव्यू मैंने कर दिया एसी का अपना ये मेरा बेहतरीन चल रहा है इस वक्त कूलिंग हो रही है और ये आप देख सकते हैं चौबीस पे इस वक्त इसको मैंने रन किया हुआ है और ये जेन को मैं आपको प्लेस करके दिखा दूँ ये मेरा एल के फॉर चल रहा है तो जनाब वीडियो को मेरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और कोई नई चीज़ इन आप लोगों के लिए लेके आऊँ